तुम मुझे कहां ले जाओगे कैसे रखोगे मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगी मुझे तुम्हारे प्यार के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए